सभी को अच्छे से पता होगा कि गर्मियों के मौसम में मोबाइल की जो बैटरी होती है ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगता है आपकी फोन की जो बैटरी होता है ना, वो होने लगता कभी बीस परसेंट कभी पंद्रह परसेंट ऑटोमेटिक ऐसे डिक्रीज होने लगता है क्यों क्योंकि आपकी कुछ ऐसी गलती की वजह से क्योंकि आपके फोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन खुफिया सेटिंग होता है जो गर्मियों के मौसम में खास ये सेटिंग को ऑन करना होता है तो आपका मोबाइल की बैटरी भी हो सकता है और आपका बैटरी होगा आप हो तो यकीन माना की आपकी फोन की बैटरी जो है गर्मियों के मौसम में दो से लेकर के तीन दिन तक आप बड़ी आसानी से यूज कर पाएंगे और यह मैं कर रहा मोबाइल की सेटिंग खुद बताएगा मोबाइल के अंदर जो बिल्कुल आप आपको लिख देना होगा ठीक है बैटरी लिख करके आपको सेंड कर देना होगा तो बस एक छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको पता होगा हर मोबाइल के मोबाइलिटी जैसे होता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं है है। है। गेमिंग के लिए नहीं होता है, इसके बैटरी के लिए भी होता है। जो गर्मियों के मौसम में खास ये सेटिंग को ऑन करना होता है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर बैटरी आपको नजर आता होगा ये जो बैटरी का सेटिंग जो देख रहे बैटरी तो इस पर क्लिक करना होगा और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पे आपको कुछ बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों अक्सर क्या होता है कि मोबाइल के जब भी मैं इस्तेमाल भी नहीं करता लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो गर्मियों के मौसम में खास वो एक्टिव हो जाता है आपका फोन काफी ज्यादा गर्म होने लगता है क्योंकि वो बैकग्राउंड में प्रोसेस काफी ज्यादा लेता है और जब भी गर्मियों के मौसम में जो ना मोबाइल की जो एप्लीकेशन होता है कुछ ऐसे अप्लीकेशन होता है लेता ना तो आपका फोन खराब भी हो सकता है बैटरी भी खराब हो सकता है तो सबसे पहले उसे फिक्स करना होगा तो यहाँ पे देख सकते फिक्स दो बैटरी यूजिंग इशू यहां पे नजर आता होगा इस दो बैटरी इशू को आपको फिक्स करना क्लिक कर देता हूं तो ये देख सकते हैं दो एप्लीकेशन जो है मेरे मोबाइल के बैटरी को काफी खराब पहुंचा रहा है मोबाइल की जो गर्मियों के मौसम में बैटरी जल्दी जल्दी डाउन होता है इसे क्या करूंगा क्लिक कर देता हूं तो जैसे क्लिक करने के बाद जो भी प्रॉब्लम था यह बिल्कुल सोल्व हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका यहां पे कुछ भी आपको नजर नहीं आता होगा उसके साथ ही साथ नीचे नीचे बैटरी है वो काफी किस में खाता गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा बैटरी किस में खा रहा है मैं आपको बता देता हूं जैसे हमारे मोबाइल की जो केस में स्क्रीन यहां पर जो देख रहे ना स्क्रीन का मतलब यह है कि हम अपने मोबाइल की जो ब्राइटनेस होता ना ये जो ब्राइटनेस जो देख रहे ना यह मैं हमेशा ऑन ये काफी ज्यादा फूल करके रखता हूं और यदि आप पे करके रखेंगे ना तो गर्मियों के मौसम तो हो हो तो हो तो डाउन हो होने, होने लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हंड्रेड परसेंट रहेगा लेकिन कुछ सेकेंड यानी कुछ मिनट के अंदर देखेंगे वो पचास परसेंट डिक्रेज होगा भाई यह कैसे हो गया तो ये मोबाइल की जो ब्राइटनेस है ना इस इस वजह से तो जब भी आप मतलब कि सनलाइट के अंदर जाते या आप गर्मियों के मौसम में घूम रहे ना तो आपको आपको ये पे पे रखना रखना फिक्स करके रखना यहां पे, कुछ इस तरह से आपको फिक्स करके रखना ताकि आपको आसान हो आपका बैटरी जो ना जल्दी खराब नहीं होगा और डिक्रीज नहीं होगा जी हाँ तो यह सेटिंग करके जा, जा, रखना काफी जरूरी है क्योंकि यह काफी खतरनाक सेटिंग आपको ऑन करना काफी जरूरी है ठीक है उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में दोस्तों कमाल से तो ये सेटिंग आपको क्या करना यहाँ पे आपको सबसे पहले टेम्परेचर देखना होगा तो मोबाइल के अंदर जबी भी के में जो आपका फोन बिल्कुल हीट होने लगता है टेम्परेचर बढ़ जाता है इस वजह से भी मोबाइल की बैटरी जो है ना डिक्रीज होने लगता है तो आपको कॉवर लगाने की जरूरत नहीं है आप अपने पॉकेट के अंदर रखते हैं सेफ है तो मोबाइल कॉबर गर्मियों में कम ज्यादा कम लगाए तो उतना का नहीं हमारे मोबाइल के दो चार जो बैटरी है ना मैं तीन घंटा गर्मियों के मौसम में चला सकता हूं जी आ, ये कोई फेक नहीं है जो आप सभी को ऑन करना काफी जरूरी है और यह जो अपन है ना सभी मोबाइल के अंदर मिलता है ऐसा नहीं है कि किसी फोन के अंदर सभी फोन के अंदर दिखने को मिल जाएगा तो ये सेटिंग जो ऑन करना काफी जरूरी होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर तो आपको, यह तो आपको देख लेना होगा तो यह जो आपको टाइम टू टाइम से मतलब क्या होगा कि इंसान जब भी खाना खाता है खाना खाने के बाद वो आराम भी करता सोता भी है, है मोबाइल घंटा सो, तो ये बिंदास काम तो करेगा लेकिन फोन बैटरी खराब भी होने का मोबाइल भी खराब होगा तो आप क्या कर सकते तो टाइम डाल दीजिए जैसे कि चार बजे मतलब सुबह में हो या तीन बजे रात को हो तो आप ऐसे टाइम डालेंगे ना तो मोबाइल स्विच ऑफ होगा स्विच ऑफ होने के बाद ऑन होगा ऑटोमेटिक कुछ से ऑन हो जाएगा तो इससे क्या होगा मोबाइल रेस्ट करेगा मोबाइल की जो बैटरी है ना गर्मियों के मौसम में खत्म नहीं होगा तो, के के तो, का हो तो यह काम ना करें ताकि आपका फोन की बैटरी लंबे समय तक चलेगा और आपका फोन की बैटरी खराब भी नहीं होगा तो यहां पर आपको चेक जरूर करना की कौन सी चीज के लिए आपका फोन की बैटरी गर्मियों के मौसम में खराब होता है और यहां ज़्यादा-ज़्यादा ले रहा है पूरा हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा मेरे केस में काम नहीं होगा तो यही था कुछ सेटिंग जो मैंने आपको इस के अंदर बता दिया आई हो सभी इंटरेस्टिंग को लाइक कर देना दो